अब बड़ी खबर धार से है धार में एक निर्माणाधीन बांध बारिश नहीं झेल पाया और उसके टूटने का खतरा बना हुआ है 304 करोड़ के इस निर्माणाधीन डैम में जमकर गोलमाल होने की खबरें हैं सरकार डैम के रिसाव को रोकने का प्रयास कर रही है और इसके डूब में आने वाले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है वही कांग्रेस ने भाजपा सरकार के निर्माण कार्यो में धांधली का आरोप लगाया है कांग्रेस का कहना है कि इस डैम के निर्माण में भी भ्रष्टाचार हुआ है जिस कारण इस डैम में रिसाव की स्थिति बनी हुई है धार में भरूरपुरा और कोठीडा के बीच करमा नदी पर बनाए जा रहे डैम में लीकेज के बाद पानी का रिसाव बढ़ता जा रहा है शुक्रवार सुबह भारी मात्रा में बांध के एक तरफ से मिट्टी बहना शुरू हुई और मिट्टी से बनी डैम वॉल का बड़ा हिस्सा ढह दे गया डैम के फूटने का खतरा बना हुआ है इसलिए प्रशासन ने आस के ग्यारह गाँव को खाली कराने का काम शुरू कर दिया है इससे करीब चालीस लोग प्रभावित हो रहे हैं कहा जा रहा है इसके निर्माण में जमकर करप्शन किया गया है सभी अधिकारी को मैंने इनकी शिकायत की के फोटो वीडियो बाय प्रमाण मैंने चीप के अंदर भी डाल के दी है जिसकी सारी रिसिप्ट मेरे पास रखी है उसके बावजूद भी आज दिनांक तक यहाँ पे एक भी अधिकारी हरकत में नहीं आया और सब ने भ्रष्टाचार युक्त डैम बनवाया आज अगर ये डैम फट जाएगा और किसी प्रकार से कुछ होगा घटका घटना दुर्घटना तो इसका जवाबदार कौन होगा उसका जवाबदार प्रशासन होगा मेरी शिकायत है पिछले तीन महीने से चल रही है आज दिनांत किसी भी एसडीएम डी एम ने तहसीलदार ने या किसी भी कलेक्टर ने या मुझे बुला के आज दिनांत कोई बयान नहीं लिए। इसके अंदर जो मिट्टी है इस मिट्टी के अंदर बड़े -बड़े पत्थर साथ में जीप के अंदर डाल के और अधिकारी को ऊपर लेवल तक भोपाल स्वयं के खर्चे पे जाके देकर आया हूँ की सर जब भी एडीएम फटेगा हम और हमारा पूरा खानदान और हमारा पूरा हमारा पूरा संसार लूट जाएगा आप इसकी एक बार जांच कर लीजिए पैसा तो कमाने आए हैं और आज हमारे भविष्य के साथ और हमारे हमारे पूरे संसार के हमारे जितने भी लोग है सबके भविष्य के साथ खेल रहे हैं और आप और एक एक चीज और मेरी फोर पे शिकायत पिछले तीन महीने से चल रही है और कभी किसी ने कोई हरकत में नहीं आया आप सभी से निवेदन है इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इन इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल में पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें यही वजह है कि डैम पहली बरसात में ही टै नजर आया डैम का पानी जिस नदी में जाएगा उस पर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे तीन का पुल है हाईवे पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की टीम को तैनात किया गया है और अभी इसमें पहली बार तो पानी भरा था विषय आया है तो आज करीब एक बजे से ये सूचना मिली थी कि इसमें पानी का कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देखने और उसमें जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी है और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और इसमें जो विभाग को इसमें जो कदम उठाने हैं तो विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है यहाँ पूरा पुलिस व्यवस्था प्रशासन के सभी अधिकारी सभी यहाँ मौजूद हैं और राज्य स्तर से भी हमारे अधिकारियों का दल आ रहा है और हमारे इंदौर संभाग से तो पहुँच गए हैं जो भी सुधारात्मक है करने हैं या थोड़ा पानी उसमें बनाना है वो उस चीज़ पर विचार करके उसको अभी एक्सपोर्ट किया जाएगा इसके नीचे के डाउनस्ट्रीम में करीब ग्यारह गांव आते हैं उसमें अलर्ट किया गया है कि यदि कोई भी ऐसी संभावित दुर्घटना के यदि सूख्म चांस भी है तो उसमें कभी कोई हानि ऐसी ना हो इसीलिए अलर्ट पर रखा गया जो है जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वही इसको बेहतर बताते हैं नदी परियोजना के लिए चार साल से काम चल रहा है आस के ग्यारह गाँव में मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट किया गया है रिसाव अगर और बढ़ता है तो पानी गांव तक पहुंच जाएगा और आसपास के रास्ते भी डूब जाएंगे पानी रिसने की सूचना के बाद डैम के पास भीड़ जमा हो गई पुलिस ने आसपास वाले रास्तों पर ट्रैफिक रोक दिया है और कई लोगों को हल्का बल प्रयोग करके इस जगह से खदेड़ा गया इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद नजर रख रहे हैं वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर चिंता जाहिर की है कांग्रेस ने कहा है ये सब निर्माण कार्य सरकार के भ्रष्टाचार का परिणाम है धार जिले की कारण नदी पर बन रहे डेम के अंदर लीकेज की खबरें सामने आ रही जो कि बेहद चिंताजनक है तीन सौ करोड़ की लागत से एक वर्ष पूर्व उसका निर्माण हुआ था और पहली बारिश के अंदर इसमें लीकेज की खबरें चिंताजनक है 11 गांव आसपास के प्रभावित होने जा रहे हैं और बड़ी जनहानि होने की आशंका व्यक्त की जा रही और बड़ा भ्रष्टाचार इसके निर्माण में सामने आ रहा है जब से इस डेम का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा था तब से ही इसमें भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण को लेके लगातार स्थानीय ग्रामीण जनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत दर्ज करा रही थी लेकिन उनकी अनदेखी की गई जिसके कारण आज ये खतरा सिर पर मंडरा रहा है इसके दोषी जो भी हो उनकी जांच होना चाहिए और जल संसाधन मंत्री जो वर्तमान है उनको तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है करोड़ों का भ्रष्टाचार का मामला है जिससे कई गांव प्रभावित होंगे और कई बड़ी जनहानी हो सकती है तो तत्काल सरकार इसके आवश्यक सभी कदम उठाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे